बात करेंगे कुवैत के बारे में कुवैत अपनी अरबी संस्कृति और विकास के कारण भी हैं जिसे हर कोई जानना है तो कुत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्री कुत की स्थापना करीब सन सोलह सौ तेरह में हुई थी कुवेत का पूरा नाम दवालात अल कुत है कुवेत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल इस देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी 16 जून सन उन्नीस सौ इकसठ में यानी आबादी तैतालीस लाख है कुवैत में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत इनकम तकरीबन इकहत्तर डॉलर है और एक सर्वे के मुताबिक कुवैत में रहने वाला एक व्यक्ति औसतन करीब चौहत्तर साल तक जीवित रहता है और यहाँ की गर्मी के तो क्या कहने कुत में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ का तापमान तकरीबन त्रेपन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है साथ ही कुवे की अपनी ही एक मुद्रा है जिसका नाम कुवेती दिनार है और कमाल की बात यह है सन 2013 में कुवेती दिनार की वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा थी और अगर करंट वैल्यू की बात करें तो एक कुवे दिनार आज के भारत के दो सौ के बराबर है जैसा की आप शायद जानते ही होंगे सऊदी अरब में शराब बेचने पर पूर्ण पाबंदी है इसी तरह से कुवेत में भी शराब बेचने पर पाबंदी है कुवैत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर है अब बात करते हैं कुवेत के तेल भंडार की कुवैत का तेल भंडार दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है और कुवेत में खेती बहुत ही कम पैमाने पर की जाती है और अगर यहाँ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बात की जाए तो कुवैत भी किसी से कम नहीं है दुनिया का पंद्रवा सबसे ऊंचा टावर कुवेत में ही है जिसकी ऊंचाई करीब 414 मीटर है सन उन्नीस में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा जमाने के लिए हमला हुआ था जिसमें हजारों कुवैती मारे गए थे कुवैत का साठ प्रतिशत तेल में ही एक्सपोर्ट होता है और ये तो कमाल का फैक्ट है कुवैत के राष्ट्रीय गान में कोई शब्द ही नहीं है यानी वहां का राष्ट्रीय गान निशब्द है और कुवेत में करीब दस लाख से ज्यादा लोग विदेशी है और साथ ही इस देश में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है तो दोस्तों ये थे कुवैत से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए ये न्यूज अच्छी लगी